आज हम अभ्यास करेंगे अपने थर्ड चैप्टर परमाणु एवं अणु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं तो इन्हें आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपके सामने प्रश्न आए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोचिए कि उसका क्या आंसर हो सकता है या फिर उसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं और फिर उसको अपने आंसर के साथ में मैच करिए इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी अभी और करनी बाकी है ठीक है तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं देखिए पहला प्रश्न है एक अभिक्रिया में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन अभिकृत होते हैं और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान का सृजन होता है यानी कि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है है ना और ना ही उसका विनाश होता है अर्थात जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं जो अभिक्रिया करने से पहले आपस में संयोग या उनका वियोग हो उनका टूटना हो ठीक है ये सारी चीजें करके एक नया रिजल्ट देते हैं उत्पाद बनाते हैं ठीक है थीके? तो हमने क्या बोला कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के द्रव्यमान के तो सबसे पहले हम इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख लेते हैं देखिए कार्बन कार्बन ने किसके साथ में संयोग किया ऑक्सीजन के साथ में संयोग किया, किया ठीक है और उत्पाद के रूप में क्या निर्मित कर दी कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्पाद के रूप में निर्मित कर दिया ठीक है अब देखिए आपको क्या दिया है कार्बन का द्रव्यमान बारह ग्राम ठीक है ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया है बत्तीस ग्राम ठीक है और इधर साइड उत्पाद में इन्होंने कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित की है चौवालिस ग्राम तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे देखिए उत्पाद की तरफ तो एक ही पदार्थ आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका टोटल द्रव्यमान कितना है चौवालिस ग्राम है अभिकारको की तरफ हम लोग चेक कर लेते हैं देखिए आप क्या कर सकते हो 12 प्लस बत्तीस बारह प्लस बत्तीस करने पर आपको कितना प्राप्त होगा 44 ग्राम वो किसके बराबर है इस वाले 44 ग्राम के बराबर तो आपको पता चला कि अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर है उत्पादों के टोटल द्रव्यमान के बराबर है इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है ठीक है समझ गए अब अगला प्रश्न करते हैं अगला प्रश्न है निम्न के आणविक द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन अणु यानी कि H2 ठीक है इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है तो आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा दो गुणा परमाणु द्रव्यमान किसका हाइड्रोजन का क्यू क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको हाइड्रोजन अणु का आणविक द्रव्यमान निकालना है अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन या H के कितने आपको परमाणु दिख रहे हैं दो इसलिए हमने किससे गुणा किया है दो से और हमें निकालना है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान अणु का है ना तो हम उसके एक परमाणु के द्रव्यमान से उसको गुणा कर देंगे ठीक है तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है एक ठीक है तो यहां पर जो हाइड्रोजन अणु है उसका द्रव्यमान टोटल कितना आ गया दो द्रव्यमान इकाई या फिर दो इकाई ठीक है हाइड्रोजन अणु का आणविक द्रव्यमान दो इकाई आ गया ठीक है अब हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान जल के अणु का या फिर H2O का तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर दो गुना क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है ठीक है तो हमने क्या लिखा दो गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ठीक है तो आपको पता है अभी अभी यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया है ना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है एक होता है तो ये तो हो गया दो गुणा एक प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है सोलह ठीक है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टू प्लस सिक्सटीन और इसका आंसर कितना हो गया अठारह द्रव्यमान इकाई या फिर अट्ठारह यूनिट या फिर अट्ठारह इकाई समझ गए आप लोग इसी प्रकार से आप लोग अपनी किताब में अन्य कुछ और अणुओं के द्रव्यमान के परिकलन के क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे तो उनको भी आप करने की कोशिश करना ठीक है और प्रैक्टिस करते रहिएगा ठीक है अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र किसका अणुविक सूत्र होता है साधारण नमक का ठीक है तो NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हमने आणविक द्रव्यमान निकाले थे ठीक है इसमें सोडियम का परमाणु द्रव्यमान को अगर जोड़ दिया जाए क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान के साथ में तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaCl, सीएल यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक का सूत्र इकाई द्रव्यमान तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है तेईस इकाई ठीक है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 इकाई ठीक है तो इससे हमको क्या प्राप्त हो जाता है अठावन इकाई ठीक है और अगर इसे हम ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा अठावन ग्राम ठीक है तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या हो गया अठावन इकाई या फिर अट्ठावन यूनिट ठीक है हम अपना अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए क है कैल्शियम कार्बोनेट और ख है कॉपर नाइट्रेट हम रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं तत्व प्रतीक या फिर सूत्र ठीक है और उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं आवेश ठीक है उन तत्वों पर या उन पदार्थों पर उन अणुओं पर जो भी आवेश है उसको हम लिखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में सबसे पहले हम कैल्शियम का प्रतीक लिखेंगे कैल्शियम का क्या प्रतीक होता है सी ए ठीक है और कैल्शियम पर कितना आवेश होता है इस पर होता है टू पॉजिटिव या दो धनात्मक आवेश ठीक है कार्बोनेट कार्बोनेट को आप लोग लिखेंगे CO3 ठीक है और इस पर आवेश कितना होता है 2 नेगेटिव या फिर दो ऋणात्मक अब हम क्या करते हैं अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर क्रॉस गुणन करते हैं तो जो ये कैल्शियम है ये इस दो ऋणात्मक या दो आवेश के साथ में मल्टीप्लाई या गुणा हो गया ठीक है और जो ये कार्बोनेट है यानी कि CO3 वह इस दो के साथ में गुणा हो गया ठीक है तो ये जिस सूत्र का निर्माण करेंगे वह क्या बन जाएगा सी ए का होल ट्वाइस या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो CaCO3 ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ठीक है अब हम कॉपर नाइट्रेट के लिए भी सेम चीज करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे तत्व प्रतीक या फिर सूत्र ठीक है और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे आवेश ठीक है यहां पर कॉपर और नाइट्रेट है ना तो आपने कॉपर का प्रतीक लिखिए है सबसे पहले कॉपर का प्रतीक क्या होता है सी है ना और इस पर आवेश कितना होता है इस पर आवेश होता है दो धनात्मक ठीक है नाइट्रेट के लिए आप लिखते हैं एनओ थ्री ठीक है और इस पर आवेश होता है एक ऋणात्मक ठीक है अब हम करते हैं क्रॉस गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो ये NO3 इस दो के साथ में गुणा होगा और ये कॉपर इस एक के साथ में गुणा होगा ठीक है और हमें क्या इसका रासायनिक सूत्र मिल जाएगा हमें मिल जाएगा CU क्योंकि एक के साथ में गुणा है ठीक है तो यहाँ पर एक लिखने की तो जरूरत है नहीं हमको है ना तो CU NO3 का होल ट्वाइस तो बन गया आपका कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है किस में अधिक परमाणु होंगे 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा यहाँ पर आपको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान तेईस इकाई और आयरन का या फिर लोहे का परमाणु द्रव्यमान 56 इकाई दिया हुआ है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं देखिए 100 ग्राम सोडियम का क्या मतलब है तो 100 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान किसका मोलर द्रव्यमान सोडियम परमाणु का द्रव्यमान है ना गुणा एवोगेद्रो नंबर यानी कि 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी है ना इतनी ही तो संख्या होती है तो कितना हो गया छह दशमलव की घात तेज संख्या ठीक है तो ये हो गया आपका फॉर्मूला सोडियम परमाणु की संख्या हम निकाल रहे हैं 100 ग्राम सोडियम के लिए ठीक है तो क्या करेंगे अब आप लोग अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आपको कितना द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम सोडियम दिया है यानी कि 100 ठीक है बट्टी कितना मोलर द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है सोडियम का तेईस इकाई ठीक है और गुणा 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन ठीक है तो जो सोडियम परमाणुओं की संख्या है वह इसको कैलकुलेट करने पर आ जाती है दो दशमलव छ दो गुणा दस की घात 24 परमाणु किसके सोडियम के ठीक है तो ये तो हो गई 100 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या अब सेम टू तो सेम आप 100 ग्राम लोहे में भी निकालेंगे ठीक है तो आप कैसे निकालोगे तो आप लोहे के परमाणुओं की संख्या में भी सबसे पहले दिया गया द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान कितना है यहां पर भी 100 ही है 100 ग्राम लोहे के लिए ही निकाल रहे हैं ठीक है बट्टे मोलर द्रव्यमान या फिर आयरन का परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं तो कितना है 56 इकाई ठीक है तो ये हो गया 56 इकाई गुणा एवो नंबर यानी कि छह दशमलव की घात तेईस ठीक है और इसको कैलकुलेट करके हमको प्राप्त होता है 1.07 पॉइंट जीरो एक दशमलव शून्य सात दस की घात 24 परमाणु ठीक है अब आपको बताना है कि 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम लोहे किस में अधिक परमाणु हैं? तो किस में आपको ज्यादा परमाणु नजर आ रहे हैं आपको सोडियम के ज्यादा परमाणु नजर आ रहे हैं ठीक है ठीके? इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सोडियम में परमाणुओं की संख्या अधिक है जब आपको सौ ग्राम सोडियम और सौ ग्राम लोहा दिया गया है तुलना करने पर ठीक है अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है बहु परमाणु आयन क्या होते हैं उदाहरण दीजिए तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उन्हें हम बहु परमाणु आयन बोलते हैं जैसे कि आप इसमें उदाहरण दे सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन का देखिए दो परमाणु हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का और इस पर नेट आवेश एक ऋण आवेश मौजूद है तो ये क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक बहुपरमाणु आयन है आप उदाहरण दे सकते हो अमोनियम आयन का जो कि होता है NH4+ पॉजिटिव इसमें भी क्या है हाइड्रोजन के चार परमाणु हैं नाइट्रोजन का एक परमाणु है और इस पर धनात्मक आवेश आपको नजर आ रहा है तो इस प्रकार के जो परमाणु के समूह होते हैं जिन पर कोई नेट आवेश मौजूद होता है वह क्या कहलाते हैं बहु परमाणु आयन कहलाते हैं ठीक है तो हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब आपका काम है कि इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और खूब सारा रिवीजन करते रहिए